आप देख रहे हैं भूलोगे नहीं तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद भी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं उनकी कोई ना कोई गुप्त इच्छा ऐसी होती है जो उन्हें जीवित लोगों से दूर होने नहीं देती इसलिए शरीर त्यागने के बाद भी वह किसी न किसी रूप में वापस इस दुनिया में आ ही जाते हैं लेकिन जिस स्थान का जिक्र हम यहाँ करने वाले हैं वहाँ भूत प्रेत और विचास तो हैं लेकिन उनमें से कोई भी मृत नहीं बल्कि आप भी और हमारी तरह जीवित हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भूत भी है और मृत भी नहीं है इससे पहले कि आप और ज़्यादा खौफनाक तथ्य और धारणाओं को आधार बनाकर सहमने लगे हम आपको बताने दें कि हम यहाँ बात कर रहे हैं एशिया का होटल जिसकी इंटीरियर कुछ ऐसा किया गया है जिसे देखकर आप थर कांपने काँपने लगें आप सहम जाएंगे कि शायद आपकी थाली में खाना परोसने वाला वाकई कोई फिसास्त तो नहीं है असल में इस होटल का कॉन्सेप्ट इतिहास से ताल्लुक़ रखता है कहते हैं कि सोलहवीं शताब्दी में जोसफ मा अपने मासिया और सुरुका ने मासिया सेंटर रोजा बनवाया था लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस संपत्ति पर विवाद भी बढ़ता गया गहराते विवाद के बाद शुरू और रियस ने सिक्का उछालकर अपनी किस्मत तय करने की सोची जिसमें रियस सारी संपत्ति हार गया रियस के परिवार वालों ने अपना घर छोड़ दिया और एक नई संपत्ति खड़ी की रियस ने अलग संपत्ति बना ली और जिस संपत्ति पर विवाद गहराया था वह देखते ही देखते खंडहर में बदल गए लगभग तीन सदियों तक यह इमारत खंडहर बनी रही इस इमारत पर शुरुखा के वंशजों ने एक होटल बनवाया जिसका निर्माण उन्नीस में जाकर पूरा हुआ लेकिन सुरुखा का परिवार यह भी मानता था कि इस होटल में किसी का श्राप लगा हुआ है इसलिए इसे हॉन्टेड बनाया जाना चाहिए तब से लेकर अब तक यह होटल हॉल्टेड होटल की तरह चल रहा है इस होटल की सजावट बहुत ही खौफनाक तरीके से की गई है जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग सहम जाएंगे जब आप इस होटल में जाएंगे तो आपका स्वागत खून से सने चाकू और तलवार से किया जाता है ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इस होटल में खाना खाने आ सकते हैं इस होटल में खाने का समय निर्धारित और लगभग दो घंटे तक चलने वाला है इस होटल में खाने के दौरान एक शो चलता है जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। आपको खाना खिलाने के लिए जिन लोगों को तैनात किया गया है वह सभी इतने खौफनाक अंदाज में आपके सामने आएंगे कि आप खाना खाना ही छोड़ देंगे और कुर्सी पर खड़े हो जाएंगे। यह शो इतना खतरनाक है कि इसमें तेरह वर्ष के नीचे के बच्चे और साथ ही दिल के मरीज और गर्भवती महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है आप जैसे ही इस होटल में प्रवेश करेंगे वैसे ही यह खौफनाक मंजर शुरू हो जाता है अगर यह सब जानने के बाद भी आप इस होटल में जाने की सोच रहे हैं तो फिर यह रिस्क आपका अपना होगा तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक मिलते हैं एक और नई कहानी में